इसरो ऑफ इंडिया, दुनिया भर की टॉप ने स्पेस टेक्नोलॉजी में झंडे गाड़ने के साथ ही अदर डेवेलप्ड कंट्रीज को भी टक्कर दी है इसरो दुनिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मंगल ग्रह के लिए सफल छलांग लगाई वो भी कम बजट के साथ और इसी के साथ इसरो मंगल पर पहुंचने वाली दुनिया की चौथी स्पेस एजेंसी बनी चंद्रयान फर्स्ट इसरो का एक ऐसा मिशन था जिसने चांद के चट्टानों और मिट्टी में जमी हुई बर्फ के रूप में पानी का पता सबसे पहले लगाया भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने देश के साथ अन्य देशों की भी एक साथ एक सौ लॉन्च की कोई दूसरी स्पेस एजेंसी कभी ऐसा नहीं कर पाई चंद्रयान टू इसरो का चांद पर जाने का सफर यही नहीं रुका इसरो ने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चंद्रयान टू पर काम किया इसरो के आने वाले मिशन जैसे चंद्रयान थ्री गगनयान आदित्य एलवन मंगलयान टू निसार प्रोजेक्ट और शुक्रयान एक है इसके अलावा इसरो नई नई चीजें ढूंढने और नए साइंटिफिक मिशन पर हमेशा से ही काम करती रही है इसके अलावा कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन, रि लॉन्च वेहकल जैसी चीजों पर भी काम करती रही है अब बात करते हैं इसरो की स्थापना के बारे में हमारे देश में अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड गतिविधियों की शुरुआत 1960 के दौरान हो गई थी डॉक्टर विक्रम सारा और डॉक्टर रामनाथन ने सोलह फरवरी उन्नीस को इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की जो आगे चलकर 15 अगस्त उन्नीस को इसरो बन गया इसरो की पहली सैटेलाइट आर्य भट्ट थी स्थापना के कुछ दिनों बाद इसरो एक रॉकेट को लॉन्च करना चाहता था इसीलिए उस रॉकेट को प्रक्षेपण स्थल तक ले जाने के लिए साइकिल के पीछे लगे कैरियर पर लाद कर लॉन्चिंग साइट तक ले जाया गया यानी ये तब की बात है जब हमारे पास रॉकेट को ले जाने की भी कोई सुविधा नहीं थी लेकिन कहते है न की इरादों में दम हो तो चट्टानों ऐसी भी पानी निकाला जा सकता है उस वक्त चाइना स्पेस एजेंसी सी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी (EES/ESA) की स्थापना भी नहीं हुई थी जब भारत का इसरो स्पेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा था इसके बाद इसरो का दूसरा रॉकेट लॉन्च किया जाना था जो वजन में काफी ज्यादा था और बड़ा था इसे लॉन्चिंग साइट तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया गया उस दौर में हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई दफ्तर नहीं था तब एक चर्च को वर्कशॉप बना दिया गया जहां एपीजे अब्दुल कलाम जैसे यंग साइंटिस्ट्स ने काम किया 2 अप्रैल उन्नीस को भारत के राकेश शर्मा ने रशियन रॉकेट सोएज टी डॉट की मदद से अंतरिक्ष में पहुंचकर भारत का मान बढ़ाया उन्होंने अंतरिक्ष में सात दिन इक्कीस घंटे और 40 मिनट बिताए और अहम जानकारियाँ इसरो को प्राप्त करवाई साल 1987 में एसएलवी की लॉन्चिंग के साथ भारत ने लगभग प्रत्येक साल अपना मिशन जारी रखा इसरो ने ऐसे कारनामे किए कि दुनिया देखकर दंग रह गई। भारत ने कई विदेशी उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में स्थापित करने का काम किया ये सारी बातें हमें गर्व का अनुभव कराती है इसरो के सैटेलाइट लॉन्चिंग वहीकल एसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी है जिनके जरिए भारत अपने प्रत्येक स्पेस मिशन को बहुवी अंजाम तक पहुँचाता है इसरो के गौरवान्वित करने वाले मिशन मिशन मंगल 5 नवंबर 2013 को मंगलयान का सफलतापूर्वक 238 तो दो अड़तीस मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए प्रक्षेपण किया गया इसके लिए एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्री स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च हुए कर टी सी ट्वेंटी के साथ सफलतापूर्वक छोड़ा गया इसके साथ ही भारत भी उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मंगल पर यान भेजे लेकिन अब तक अन्य देशों द्वारा मार्स को जानने के लिए शुरू किए गए अभियान असफल रहे चौबीस सितंबर 2014 को मार्स पर मंगलयान के पहुँचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बन गया इससे पहले कई विकसित देशों की एजेंसियों जैसे रशिया की रोस्कोसमोस अमेरिका की नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईसा ने प्रयास किए थे लेकिन सभी के सभी असफल रहे लेकिन भारत की स्पेस एजेंसी इसरो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफल हो गई। इतना ही नहीं भारत एशिया का भी ऐसा करने वाला पहला देश बना क्यूँकी इससे पहले चीन जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने मंगलयान को 2014 के लिए सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में भी शामिल किया इसरो ने ये मिशन सिर्फ पचहत्तर मिलियन डॉलर में ही कंप्लीट कर लिया और वो भी पूरी दुनिया से पहले मंगलयान को मार्स पर मीथेन गैस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए भेजा गया था साइंटिस्ट को इसके छह मंथ ही काम करने की उम्मीद थी लेकिन चार साल बाद भी इसकी भेजी तस्वीरों को नासा खरीद रहा है जिनका इस्तेमाल रिसर्च के लिए हो रहा है मंगलयान में लगे पाँचों उपकरण इसरो के हैं। पिछले कई सालों से ये जानने की कोशिश चल रही है कि पृथ्वी के बाहर जीवन है या नहीं इस दौरान कई खोजों से ये अंदेशा हुआ कि शायद मंगल ग्रह आरोप जीवन है चंद्रयान फर्स्ट इसरो का चंद्रमा के लिए ये पहला मानव रहित मिशन था 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान एक की लॉन्चिंग की गई। इसी के साथ भारत उन छह देशों में शामिल हो गया जिन्होंने कोई लूनर मिशन चंद्रमा के लिए भेजा था 14 नवंबर 2008 को जब चंद्रयान एक चांद के ऑर्बिट में पहुँचा तब चांद की परिक्रमा लगाते हुए चंद्रयान एक के रॉकेट के एक हिस्से को अलग करके चांद के साउथ पोल पर क्रैश कराया गया क्रैश होने के साथ ही चांद पर एक गड्ढा बन गया और उस गड्ढे से उड़ी मिट्टी और काफी सारा इधर उधर फैल गया यही उड़ते मटीरियल में जमी हुई पर्फ के रूप में पानी मौजूद था ये अद्भुत खोज भारत के चंद्रयान एक ने कर दिखाई और जिस जगह आरोप रॉकेट के टकराने ऐसी गड्ढा बना था उसे नाम दिया गया जवाहर पॉइंट ये मिशन पूरी तरह सफल रहा इसने 95 फाइव परसेंट जानकारियाँ उपलब्ध कराई चांद के ऑर्बिट के 3000 चक्कर लगाए और 312 दिनों के कार्यकाल में चांद की सतह की तकरीबन सत्तर तस्वीरें धरती तक भेजी ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है क्योंकि अभी तक किसी भी लूनर द्वारा इतनी तस्वीरें नहीं भेजी गयी भी थी इसके बाद हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने पंद्रह फरवरी दो को जल, के एक ही रॉकेट से अपने देश के साथ साथ अन्य देशों की 104 सैटेलाइट लॉन्च की ऐसा कोई दूसरी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई और इसी के साथ इसरो ने पूरी दुनिया को चौंका दिया ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है इससे पहले रशिया के नाम से 37 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड पी एस रॉकेट सबसे किफायती और बेहतरीन लॉन्चिंग व्हीकल है इसीलिए केवल 44 मिलियन डॉलर के खर्चे पर अदर कंट्रीज अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने इसरो के पास आए चंद्रयान टू इसरो का चांद पर जाने का सफर यही नहीं रुका अब इसरो ने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चंद्रयान टू पर काम करना शुरू कर दिया था इसरो रशिया के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम तक पहुँचाना चाहता था इसके लिए रशिया ऐसी एक एग्रीमेंट हुआ एग्रीमेंट के तहत रशिया को लैंडर बनाना था और इसरो को ऑर्बिटर तथा रोवर लेकिन जब रशिया तय समय तक लैंडर नहीं बना पाया तो इसरो ने खुद ही स्वदेशी तकनीक से लैंडर बनाने का फैसला किया इसरो ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग डेट रखी 14 जुलाई 2019, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते लॉन्चिंग रोक दी गई। 22 जुलाई 2019 हजार को दोपहर दो तेलीस सतीश धवन स्पेस सेंटर के जी एस एल वी चंद्रयान टू को लेकर अपनी उड़ान भरी 20 अगस्त से 1 सितंबर तक चांद की परिक्रमा करते हुए चंद्रयान टू चांद के और भी नजदीक तक पहुंच गया चंद्रयान टू को तीन भागों में मिलकर काम करना था नंबर एक ऑर्बिटर को चांद की परिक्रमा करते हुए प्राप्त जानकारियां धरती तक पहुंचानी थी नंबर टू वही लैंडर यानी विक्रम को चांद की सतह पर उतरना था नंबर तीन तो रोवर प्रज्ञान का इस मिशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल था रोवर प्रज्ञान को चांद के दक्षिणी ध्रुव आरोप घूम चांद के मिले नमूनों की जानकारियों को पृथ्वी तक भेजना था लेकिन चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊपर लैंडर विक्रम में आई तकनीकी खराबी के कारण लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया भले ही हमारा लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया हो लेकिन ऑर्बिटर के द्वारा भेजी गई तस्वीरों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसरो का किफायती बजट लगभग डेढ़ बिलियन डॉलर है तो वही अमेरिका नासा आरोप बीस बिलियन डॉलर तक खर्च करता है और चाइना की स्पेस एजेंसी सी का खर्च 11 बिलियन डॉलर है इसी किफायती बजट की वजह से ही हमने स्पेस मिशन में पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा मतवाया है अब बात करते हैं इसरो के आने वाले मिशन के बारे में गगनयान तीन चरणों में इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा दिसंबर 2020 और जून 2021 में दो मानव रहित यान अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे इसके बाद दिसंबर 2021 में एक मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा इसको व्योममित्र नामक एक महिला रोबोट को इस साल के आखिर में और अगले साल भी मानव रहित मिशन में भेजेगा व्योममित्र एक प्रोटोटाइप हाफ ह्यूमेनाइड रोबोट है मतलब अंतरिक्ष में चलने की कोई जरूरत नहीं होती इसीलिए इस रोबोट के पैर नहीं बनाए गए हैं गगनयान के पहले और दूसरे मिशन में कोई इंसान नहीं है इसलिए इस साल व्यम मित्रों को पहले मानव रहित मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा इसके साथ चंद्रमा पर भेजे जाने वाले तीसरे मिशन चंद्रयान तीन को भी इसी साल के अंत तक लॉन्च किए जाने का विचार था लेकिन ऐसा लगता है कि कोरोनावायरस महामारी की वजह से अब शायद ये मिशन डीले हो सकते हैं। आदित्य एलवन ये पहला भारत का सोलर मिशन है ये सूरज के अलग अलग एलिमेंट को ऑब्जर्व करेगा मंगलयान टू मंगलयान एक की सफलता ने इंडिया को वर्ल्ड मैप पर एक खास जगह दी इसी को आगे देखते हुए मंगलयान टू पर काम करना शुरू कर दिया गया इसका काम मंगल पर डेटा कलेक्शन और मार्स सरफेस ऑब्जर्वेशन का काम होगा निसार प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट पर इसरो और नासा मिलकर काम करेंगे ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट होगा शुक्रियान मिशन वीनस के सरफेस और एटमोसफियर की स्टडी की जाएगी 2024 तक इस मिशन को पूरा करने की योजना है इसरो के मिशन ना सिर्फ सफल होते हैं बल्कि ये सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि तो भारतीय प्रक्षेपण रॉकेट्स की कॉस्ट फॉरेन लॉन्च रॉकेट की कॉस्ट का एक तिहाई है यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अदर कंट्रीज की तुलना में भले ही इसरो के पास ज्यादा संसाधन और बजट नहीं है लेकिन इरादों की मजबूती बरकरार है